तू ही तो जन्नत मेरी तू ही मेरा जुनू तू ही तो मन्नत मेरी तू ही रूह का ही की ठंडक तू ही दिल की दस्तक, और कुछ ना जानूं, मैं बस इतना ही जानू तुझ मे रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ मे रब दिखता है यारा मैं क्या करूं? में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं?